स्वच्छता के नाम पर भोपाल नगर निगम में करोड़ों की राशि ले रहे एनजीओ पर अब कार्रवाई हो सकती है स्वच्छता के अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने एनजीओ के कामकाज पर सवाल उठाए हैं किशन सूर्यवंशी ने कहा अब एनजीओ के कामकाज की समीक्षा होगी स्वच्छता के नाम पर एनजीओ की कार्य पर कई दिनों से सवाल खड़े हो रहे थे जिसके बाद अब एनजीओ पर कार्रवाई के संकेत भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने दिए हैं उनका कहना है कि एनजीओ के कामकाज की समीक्षा होगी शहर में सिविक सेंस डेवलप करने में हम क्यों पीछे रह गए हैं एनजीओ सिर्फ पैसा लेकर अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं करोड़ों की राशि खर्च होने के बावजूद हम पीछे क्यों रह गए ऐसे एनजीओ पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी मैं ये मानता हूं कि इसमें काम की ओर बहुत गुंजाइश है कहीं ना कहीं उन्होंने काम किया होगा उसकी भी समीक्षा की जाएगी की उन्होंने जो काम किया वो भोपाल के अंदर सिविक सेंस डेवलप करने में क्यों पीछे रह गए उनके कारण क्या है अगर संसाधनों की कमी है तो संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे अगर एनजीओ की कमी है तो एनजीओ पे भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी ऐसे एनजीओ जो सिर्फ पैसा लेकर के नगर निगम में अपना पेड़ भरने का काम कर रहे थे ऐसे एनजीओ एस पे सख्ती से कार्रवाई की जाएगी उन्होंने उनका काम था भोपाल के अंदर स्वच्छता का वातावरण बनाना शहर के अंदर सिविक सेंस डेवलप करना इस शहर के प्रति लोगों का अपना ओपिनियन ये निकल के आए की हमारा अपना शहर है इसको स्वच्छ रखने की जवाबदारी हम सब है और इसमें अगर किसी की पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई भी होगी। बेस्ट टू बी दिशन सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन